जो की अपने गार्डन में काम कर रही थी मैगी भी उस घर की देखती है पर उस घर पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और घर के अंदर चली जाती है रात को मैगी अपनी बेटी और अपने पति के साथ में डिनर कर रही थी तभी मैगी का डॉग किसी को देख कर भूखने लगता है मैगी खाने से उठ कर अपने डॉग को देखने जाती है और वहाँ पर नेंसी को अपने फादर का बिहेवियर पसंद नहीं था तो वह अपने रूम में जाकर हेडफोन लगाकर गाना सुनने चली जाती है इधर मैगी को घर के बाहर अपने डॉग का चैन खून से सुना हुआ मिलता है मैगी कुछ समझ पाती उससे पहले कोई उसके पीछे आकर मैगी का सर घास काटने वाली कैचे से काट डालता है और मैगी की चीख उसके पति को भी सुनाई देती है वो मैगी को आवाज लगाता है और उसी समय घर की लाइट भी चली जाती है मैगी का पति नोटिस करता है कि किसी ने उसके फैमिली फोटो में उसका और मैगी का फेस मिटा दिया है फोटो में सिर्फ नेंसी है और अचानक वही किलर आकर मैगी के पति का भी सर फोड़ डालता है नेंसी को इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था तो वो अभी भी हेडफोन में गाना सुन रही थी वो किलर नैन्सी के रूम में घुसता है और नैन्सी पीछे मुड़ती है और देख चिल्लाती है तो आखिर नैन्सी के साथ में क्या हुआ होगा ये तो हमें मूवी के आगे ही पता चलेगा उसके बाद में हमें एक नई फैमिली दिखाई जाती है जो कि अपने पुराने घर में रहने आई थी उनमें से कोरी, उसका बेटा लेम कोरी की वाइफ सारा और सारा कोरी की दूसरी वाइफ थी लेम बिल्कुल भी सारा को पसंद नहीं करता था और वो ये सोचता था कि सारा उसकी असली माँ की जगह ले रही थी लेकिन सारा उसे अपने बेटे जैसा ही प्यार करती थी और वो चाहती थी कि लेम उसको भी अपना माने वो सभी उस घर में आकर बहुत खुश थे और वे सोचते हैं कि उस घर में रहकर लेम और सारा दोनों की दूरिया कम हो जाएगी लेकिन लेम को ये तक नहीं पसंद था कि सारा उसकी माँ की चेयर पर बैठे लेम की असली माँ की कुछ महीने पहले ही मौत हो गई थी और उसके बाद कोरी ने सारा से दूसरी शादी कर ली थी कोरी घर में नोटिस करता है की कि उनके किचन में खाने की गंदी प्लेट पड़ी हुई है और उनके फैमिली फोटोस को भी किसी ने खराब कर दिया है घर के कुछ रूम भी बिगड़े पड़े हुए थे जैसे कि कोई वहां पर पहले से रह रहा था अब फिर कोरी बेसमेंट में जाता है चेक करने के लिए और वहां पर उसे एक बड़ा सा होल मिलता है कोरी को समझ आ जाता है कि वहीं से कोई उनके घर में आता जाता रहता था कोरिया सारी बातें जाकर वहाँ की पुलिस ऑफिसर हॉकिन को बताता है लेकिन हॉकिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और बस उसे अपना विजिटिंग कार्ड देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसे कॉल कर पाए कुछ समय के बाद में कोरी बेसमेंट के बाहर के डोर के हॉल को बंद कर देता है ताकि कोई भी उसके घर में ना घुस सके लेकिन यहाँ पर हम बेसमेंट के ही एक कोने में एक फैमिली को नोटिस करते हैं सारा को उस घर में अजीब महसूस हो रहा था और वो कौरी को वापस चलने के लिए कहती है कोरी उसे अच्छे से समझाती है की वहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं है और सारा भी कोरी की बात को मान जाती है कोरी फिर घर के बाहर आता है और मेगी के घर पर चला जाता है मेगी उसी की पड़ोसी थी और कोरी को यह पता नहीं था कि मेगी की मौत हो चुकी है कोरी को उनके घर के बाहर बहुत बार आवाज लगाता है पर कोई भी जवाब नहीं देता है अब फिर इधर सारा घर की सफाई कर रही थी तभी उसे कोई आठ सुनाई देती है उस आवाज का पीछा करके वो एक डोर खोलती है लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था इधर दूसरी तरफ कोरी नोटिस करता है की मेगी की कार उसके घर पर ही है वो बिना कर के आखिर वो कहाँ चले गए हैं उन्हें सोचकर के लिए परेशान हो रहा था रात को लियम कोरी से पूछता है कि सभी की एक कम्प्लीट और होती है लेकिन हर फैमिली में निभा पाता कभी कभी वो साथ छोड़कर चला जाता है और तब उनके जगह लेने के लिए फैमिली में और मेम्बर आते हैं और ये जरूरी है की वो उनकी जगह ले नहीं तो फैमिली संभल नहीं पाएगी कोरी लियम को अच्छे से समझा सुला देता है फिर सारा और कोरी एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते हैं कुछ ही समय में सभी सो जाते हैं और आधी रात को सारा की आंखें खुलती है और वो दरवाजे के पीछे किसी की परछाई को देखती है वो कोरी को उठाकर इसके बारे में बताती है और कोरी उठकर घर को चेक करता है लेकिन उसे वहां पर कोई नजर नहीं आता है फिर कौरी रूम में चला जाता है लेकिन सारा लेम का रूम चेक करने जाती है पर लेम रूम में नहीं था सारा फौरन कौरी को लेम के रूम में ले जाती है और लेम पूरे घर में कहीं भी नहीं था कोरी और सारा घर के बाहर लीम को ढूंढने लगते हैं लेकिन लेम उनको कहीं भी नहीं मिलता है ऊपर से सारा के पैर में एक कील घुस गई थी और वो किल सारा के पैर के आर पार हो गई थी सारा कील की वजह से दर्द के मारे चिल्ला रही थी और कोरी उसके पास आता है सारा को तो अब भी लेम की फिक्र लगी हुई थी और कौरी उसकी हालत तो दिख उसे घर के अंदर ले जाता है और सारा के पैर से कील निकालकर पैर की पट्टी करने लगता है कोरी ऑफिसर हॉकिंग को कॉल करके बुलाता है कि लेम गायब हो गया है तभी उन दोनों को घर के बाहर पुलिस की कार दिखाई देती है कोरी घर के बाहर जाकर ऑफिसर हॉकिन को आवाज लगाता है लेकिन वो कार से कोई आवाज नहीं आती है और सारा को घर के पास ही लेम के सारे खिलौने मिलते हैं उन सब खिलौनों का सर गायब था और ये देखकर सारा लेम के लिए टेंशन में आ गई थी कोरिय नोटिस करता है कि ऑफिसर हॉकिंग को किसी ने कार में हाथ मुंह बांध कर रखा हुआ है और कोरी समझ जाता है कि वहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है वो सारा को घर के अंदर जाने को कहता है और अचानक ऑफिसर हॉकिंग की कार ब्लास्ट हो जाती है और कार के अंदर बैठा हुआ हॉकिंग आग में जिंदा जलकर मारा जाता है उस कार के ठीक पास में एक चूहे का मास्क पहने आदमी खड़ा होता है और हम उस आदमी को मिस्टर माउस बुलाएंगे ये सब नजारा देख कर सारा को घर के अंदर लेकर आता है और दरवाजे बंद कर लेता है और घर के अंदर उनके फ़ोन्स भी गायब थे लैंडलाइन को भी किसी ने खराब कर दिया था और अब तो बाहर से मदद बुलाने का भी कोई रास्ता नहीं था कोरी सारों को लेकर ऊपर लीएम के रूम में चला जाता है और कोरी ये सारों को समझाता है कि इतनी ऊपर की खिड़की पर कोई चिड़कर नहीं आ पाएगा कोरी सारा को उसकी सेफ्टी के लिए एक चाकू भी देता है और बाहर मदद लाने के लिए जाने वाला था सारा उसे रोकती है लेकिन कौरी को अपनी फैमिली को बचाने के लिए बाहर जाना ही पड़ता है अब फिर कोरी के जाने के बाद में सारा अच्छे से डोर को ब्लॉक कर देती है ताकि कोई भी घर के अंदर ना आ सके और कुछ समय के बाद में सारों को बाहर किसी की आवाज़ें सुनाई देती है और वह उसे लियाम समझकर बाहर चेक करने लगती है लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता है और वह आगे बढ़ती है और एक रूम में उसे लेम के खिलौने की आवाज़ें सुनाई देती है और वो लेम को पुकारते हुए उस रूम के अंदर चली जाती है लेकिन वहाँ पर लेम नहीं बल्कि एक पिक का मास्क पहने हुए एक पिग लेडी थी सारा डर के मारे रूम से भागती है और अपनी सेफ्टी के लिए चाकू को उठा लेती है वो पिग लेडी उसके सामने ही थी तो सारा डर के मारे कुछ नहीं कर पाती है और पिक लेडी के साथ में हाथापाई के चलते सारा सीढ़ियों से गिर कर हो जाती है अब इस तरफ कोई भी जंगल के रास्ते मदद बुलाने जा रहा था और कोरी मैगी के घर में घुसता है ताकि उसके लैंड से किसी को मदद के लिए बुला सके लेकिन मेगी के घर का भी लैंड खराब था मेगी के घर के अंदर कोरी देखता है कि डाइनिंग टेबल पर खाना उसी तरफ पड़ा है जिस तरह मर्डर के दिन मैगी और उनके फैमिली खाना खा रहे थे मेगी ने उसके पति की डेड बॉडी को चेयर पर बिठा रखा हुआ था और गर्दन पर उसका सर नहीं बल्कि खिलौने का सर लगा हुआ था ये सब देखकर कौरी वहीं से भागने वाला था तभी उसके सामने मिस्टर माउस आ गया था कोरी उस पर हमला करने वाला था लेकिन मिस्टर रैबिट को देखकर वो रुक जाता है और कोरी उनसे लियाम के बारे में पूछता है लेकिन वो दोनों कोरी को एक हथियार से मारकर बेहोश कर देते हैं कुछ समय के बाद में सारा जब होश में आकर देखती है तो उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे और बहुत कोशिश करती है अपने आप को छुड़ाने की लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और फिर से बहोश होने का कर नाटक करती है वो पिग सारा को ब्योश समझ कर से चल जाती है और लेडी के जाने के बाद में सारा अपने हाथ पेड़ की रस्सी को खोल लेती है पिग लेडी किचन में अपना हथियार चुन रही थी और फिर रूम में आती है, लेकिन तब तक सारा से निकल गई थी और वहां से निकलकर घर के छत से भाग रही थी पिग लेडी ने भी सारा को देख लिया था और सारा चढ़कर जमीन पर गिर जाती है सारा के पेड़ में पहले से ही गिल से चोट लगी हुई थी जिसकी वजह से सारा के पेड़ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था लेकिन फिर भी वो कार की तरफ भागती है सारा देखती है कि पिग लेडी चाकू लेकर उसे ढूंढ रही है सारा फिर कार के पीछे छुप जाती है सारा के पास में कार की चाबियाँ नहीं थी तो वो छुपते छुपाते चाबी लेने के लिए घर के अंदर घुस जाती है सारा को घर के अंदर फिर से जाता हुआ देखकर वो पिग लेडी ने भी देख लिया था और सारा जब रूम में जाकर चाबी उठाती है तो देखती है कि पिग लेडी उसे खिड़की से देख रही है जिसे देख वो फौरन भाग एक रूम में छुप जाती है वो पिग लेडी उसे पूरे घर में ढूंढ रही थी और सारा बेसमेंट में जाती है ताकि वो बेसमेंट के दूसरे डोर से बाहर भाग सके लेकिन गलती से सा सारा बेसमेंट से कुछ आवाज़ कर देती है तो ऊपर पिग लेडी समझ जाती है कि सारा बेसमेंट में है तो पिग लेडी भी चाकू लेकर बेसमेंट की तरफ पहुँचती है सारा बेसमेंट के दूसरे डोर को खोलने की पूरी कोशिश कर रही थी और इस तरफ कौरी की आँखें खुलती है तो वो खुद को चेयर पर बंधावा पाता है उन लोगों ने कोरिक के सिर में दो वायर घुसा दिए थे और बहुत कोशिश करता है अपने हाथ और पैर खोलने की लेकिन वो इसी कोशिश में चेयर से गिर जाता है वो उन लोगों से लियम के बारे में पूछता है और कोरी की आवाज़ सुनकर वहाँ पर मिस्टर रैबिट आता है कोरी नोटिस करता है कि वो रैबिट का मास्क उसके फेस में कील से ठोका गया है और केरी पूछता है कि क्या यह सब तुम्हारे फादर ने तुम्हारे साथ में किया है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बस मुझे आज़ाद कर दूँ लेकिन वह उसे कोई जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है अब उसी समय वहाँ पर मिस्टर माउस आता है और कोरी को चेयर पर बिठा देता है कोरी उससे लेम के बारे में पूछता है मिस्टर माउस हंसकर कहता है कि उसका बेटा कब का मर चुका है और उसी की गलती की वजह से वो मार गया था इसे सुनने के बाद में कौरी का बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगता है इस तरह सारा ने एक हथौड़े से बेसमेंट के दूसरे डोर को खोल दिया था और पिग लेडी भी अब तक बेसमेंट में आ गई थी सारा जल्दी से बाहर जाने लगती है लेकिन वो पिग लेडी ने उसका पैर पकड़ लिया था और फिर भी सारा किसी तरह हिम्मत करके बेसमेंट से निकलकर कार में बैठ जाती है लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी इधर कोरी को मिस्टर माउस बहुत टॉर्चर कर रहा था और कौरी के सीने में घुसे हुए वायर में मिस्टर माउस इलेक्ट्रिक शॉक ऑन कर देता है और कौरी इससे बहुत ज़्यादा तड़पता है मिस्टर रेबिट यह देख खुश हो रहा था और उधर सारा के कार के पास में पिग लेडी आती है और उसे की फोटो दिखाती है मतलब कि वे लोग वहां पर लेम के लिए आए थे वे सभी लेम को अपने साथ में उनके घर में ले जाना चाहते थे उनके मुताबिक सारा और कोरी के साथ में घर में किसी नरक की तरह रह रहा था पिग लेडी हथौड़े से कार के कांच को तोड़ती है और सारा कार के पीछे की सीट पर जाकर एक फ्लेयर गन उठा लेती है लेकिन पिग लेडी उसे कार के पास नजर नहीं आती है और सारा कार के बाहर निकल जाती है इधर इलेक्ट्रिक शॉक से कोरी बेहोश हो गया था और जब उसकी आंखें खुलती है तो मिस्टर माउस उसके सामने था मिस्टर माउस अपना मास्क हटाकर अपना फेस उसे दिखाता है और उसका फेस बहुत ही भयानक और बिगड़ा हुआ था जिसे देखकर कोरी कौरी भी चौकड हो गया था मिस्टर माउस कौरी को जता रहा था कि वो फादर बनने के लायक नहीं है अगर वो अपने बेटे से प्यार करता तो लेम कभी गुम होता ही नहीं मिस्टर माउस अंदर जाकर लेम को अपने साथ लाता है और लेम की आँखों पर पट्टी बंधी हुई थी लेम को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो कोरी से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है कोरी उसका डर कम करने के लिए कहता है कि वहाँ पर बस कुछ नहीं चल रहा है सब कुछ ठीक है मिस्टर माउस कोरी को यह कहने के लिए मजबूर करता है कि वो लेम से प्यार नहीं करता है और अगर वो ऐसा नहीं कहेगा तो लेम को वे लोग उसके सामने मार डालेंगे मिस्टर माउस लेम का गला काटने वाला था और अपने बेटे की जान बचाने के लिए कौरी लेम से ये कहता है कि वे उससे प्यार नहीं करता है और यह सुनकर लेम को बहुत ज्यादा बुरा लगता है वो बहुत रोता है कोरी अपने बेटे से कहकर अंदर से टूट गया था मिस्टर माउस कोरी से कहता है कि अब हमारी फैमिली पूरी हो गई है और कोरी को उस रूम में बंद करके मिस्टर माउस वहां से चला जाता है इधर सारा जंगल के रास्ते कोरी को ढूंढ रही थी और अंधेर में कुछ नजर न आने के कारण सारा वो फ्लेरगन चलाकर रास्ता ढूंढती है इस तरफ मिस्टर माउस से एक प्लास्टिक बैग कैरी के सर पर डालकर उसका दम घुटकर मरने के लिए वहीं पर छोड़कर चला जाता है और सांस न मिलने के कारण कोरी तड़प रहा था लेकिन किसी तरह वो अपने आप को आजाद करा लेता है और उस प्लास्टिक को फाड़ देता है सारों को भी फिर से पिग लेडी ने पकड़ लिया था और दोनों के बीच बहुत ज्यादा बुरी लड़ाई होती है वो पिग लेडी सारों को पानी में डुबा मार दी और एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था कि सारा मर चुकी है लेकिन वो उठकर उस पिग लेडी को पत्थर से कई बार मारती है उसने उसे इतनी बार मारा था कि शायद वो पिगलेडी मर गई होगी फिर पानी से उठकर सारा कार के पास जाकर उसका हॉर्न बजाने लगती है दूसरी तरफ कोरी भी हथियार लेकर लेम को बजाना जाता है और जब मिस्टर माउस और रैबिट बाहर थे तो कोरी मक्का देखकर कर लेम के पास जाता है लेम मिस्टर माउस की फैमिली का ड्राॅइंग बना रहा था और कौरी लेम को अपने साथ में चलने के लिए कहता है लेकिन लेम इस बात से नाराज था कि कोरी ने सबके सामने उसे यह कहा है कि वो उससे प्यार नहीं करता है कोरी उसे समझाता है कि उन लोगों ने उसे टॉर्चर करके ये सब बुलवाया था और बहुत समझाने के बाद में लियाम कोरी के साथ में चलने के लिए राजी होता है इधर सारा मेगी के घर तक आ गई थी और सारों को नेंसी के रूम में मेगी का डॉग सड़ी हालात में दिखाई देता है उधर कैरी और लियाम भागने वाले थे लेकिन वहाँ पर मंकी आकर कहती है कि मेरे भाई को तुम नहीं ले जा सकते तुम अच्छे फादर नहीं हो और मेरे फादर ही लेम के लिए सही हैं। अब वो मंकी कोरी पर वार करने लगती है और कोरी किसी तरह अपने आप को बचा रहा था इसी हाथापाई में उस मंकी का मांस खट जाता है और हमें नैन्सी दिखाई देती है मतलब कि इन लोगों ने नैन्सी के फैमिली वालों को मारकर उसे भी अपनी फैमिली का मेम्बर बना लिया था मिस्टर माउस और रेबिट को भी पिग लेडी मरी मिलती है और मिस्टर माउस सारा को ढूंढकर उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं और इस तरफ कौरी और नेंसी के बीच में भी लड़ाइयाँ हो रही थी नेंसी को बहुश करके कोरी लेम को लेकर भागता है लेम को एक जगह पर छुपाकर वो सारा को ढूंढने जाता है सारा को मिस्टर माउस मारने वाला था लेकिन सारा उस पर वार करके इलेक्ट्रिक शॉक उसे लगा देती है मिस्टर माउस तड़प तड़प कर हो जाता है और अब तक सुबह हो गई थी कोरी भी सारा को ढूंढ लेता है लेकिन तभी मिस्टर रेबिट आकर कौरी पर गोली चला देता है और कोरिय लेम का नाम लेकर मारा जाता है सारा जंगल में भागती है और मिस्टर रैबिट एक के बाद एक गोली चला रहा था मिस्टर रैबिट को लेम की आवाज़ सुनाई देती है और तभी सारा लेम के पास आकर लेम को दूसरी तरफ भागने को कहती है और वो खुद मिस्टर रैबिट का ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने भाग रही थी गोली से बचते बचते सारा भाग रही थी और तभी सारा के एक पैर में गोली लग थी सारा को बचाने के लिए लेम मिस्टर रेबिट के सामने आ जाता है और सारा भी मिस्टर रैबिट को अपनी बातों में बेकारने की कोशिश करती है तभी उनको पता लगता है कि मिस्टर रैबिट के गन में गुलियाँ नहीं है और लेम को भागने का कहकर सारा मिस्टर रैबिट पर हमला कर देती है और गन से उसे मारकर बेहोश कर देती है लेम को भी फिर अभी पता लगता है कि उसको बचाने के लिए उसके पिता कोरि ने अपनी जान दे दी और फिर कुछ ही समय में पुलिस वहाँ पर आ जाती है अपने फादर को तो लेम ने खो दिया था और अब से वो सारा को ही अपनी माँ मानने लगता है पुलिस ने नेंसी और मिस्टर रैबिट को पकड़ लिया था मिस्टर रैबिट पुलिस को अपना मास्क हटाने नहीं दे रहा था नेंसी को एक पुलिस ऑफिसर अपने साथ में लेकर जाती है लेकिन कुछ है दूर में और वो पुलिस ऑफिसर कार से उतरकर चेक करने जाती है तभी मिस्टर माउस आकर उस पुलिस ऑफिसर का सर पत्थर से फोड़ देता है और वो अपने माउस का मास्क पहन लेता है और वो नैन्सी से कहता है कि फैमिली अब फॉर उन्हें अब नई माँ ढूंढनी होगी इधर मिस्टर रैबिट ने खुद को आज़ाद कर लिया था और वो भी जल्दी फैमिली से मिलने वाला था और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है दोस्तों मूवी में मिस्टर माउस का फेस बिगड़ा हुआ था और